हेलो so, हैं आप लोग स्वागत है मेरे न्यूज ब्लॉग में और गाई देख सकते हो कि आज हम कहाँ हैं और गई ये मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ करीब सोलह 17 दिन हो गया होगा ब्लॉग बनाने को मन नहीं कर रहा था और गाय संकित के हाथ में क्या देख सकते हो इसे गुरदेव बोलते हैं हमारे क्या है? इसे हमें आप में तो अमरुद ठीक है गाई तो हम इसे हम तोड़ेंगे तो अंकित कैमरा मैन को देते हैं जो कि आप देख ही सकते हो सामने है और ये है पकौड़ी आपको भी मालूम है जो खाया जाता है अरे वो नहीं इंसान है ठीक है गाई तो चलते हैं कैमरा मैन को देते हैं सो तो सोगा देख सकते हो क्या ही लुक है और कैमरामैन नीचे जाते हुए और यहाँ पे मारी और गाइस यहाँ पे बिचला तो तो हाँ। तो तो मतलब धीरज भाई आ चुके हैं सो गाइस धीरज आ चुका है और देख सकते हो तो कि हम लोग अभी वहीं पे हैं और अब मारेंगे अमरूद से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 और तो मैं मारता मार हूँ गाइस गाइस गाइस बहुत हार्ड मारा अब कैमरामैन कैमरामैन कैमरामैन का मुड़ी का मुड़ी कोई बात नहीं को देते हैं रे तो देख सकते हो पे वीडियो को समाप्त करते हैं और गाइस लगता है आपको मारूंगा मैं नहीं <laughs> गाइस धीरज ने मोबाइल गिरा दिया और देख सकते हो कि पूरा माटी घुस चुका है हमारे मोबाइल पर और गाइस हम लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल ख़राब हो चुका है तो इसके लिए लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये पकौड़ी ने मेरा मोबाइल खराब किया है जो कि मैंने गुलेल का इस्तेमाल किया बाय बाय